हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क हार्ट गेमिंग तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ फायरविन का एक और नया ट्रिक जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है तो अगर आपने ये रजिस्टर नहीं कर रखा तो मैं आपको रजिस्टर करके दिखाता देता हूँ मैं लॉगआउट कर देता हूँ भी ये तो आप देख रहे हैं ये रजिस्टर का ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर इसमें आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो फ़ोन नंबर मांग रहे हैं यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो फिर ये गैट वेरिफिकेशन कोड जो आ रहा है यहाँ पे आप जो क्लिक करेंगे तो आपको कोड आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर वो कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा फिर पासवर्ड डालेंगे जो आपको याद रहे फिर आप रजिस्टर कर सकते हैं तो मैंने रजिस्टर कर रखा है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ अभी से तो ये देखिए मैंने रजिस्टर कर रखा है तो अगर आपने फर्स्ट यूज़र पर मतलब पहली बार रजिस्टर कर रखा हुआ तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखा हुआ आ रहा है यहाँ आपको दस पॉइंट मिलेगा और दस पॉइंट इक्वल्स टू दस रुपये तो उससे आप गेम खेल सकते हैं तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक है माइंड स्वीपर का बहुत ही ज़्यादा काम वाला है तो देखिए ध्यान से बिल्कुल भी स्किप न करिएगा जरूर यहाँ मैंने खोल दिया है माइंड तो ट्रिक ऐसा है कि जब आप माइंड स्वीपर खेलते हो तो देखते हैं कि देखते हो कि बीस रुपये से कम नीचे नहीं खेल सकते मान चौक तो इसमें हम खेलेंगे दस रुपये का वो कैसे मैं बता दूँ आप जब इसमें क्लिक करेंगे बीस रुपये से रेड वाला आएगा इसे आप करने में डिलीट डिलीट करने के बाद इसे करने में ओके तो आप देख सकते हैं कभी तो दस रुपये आ रहा होगा तो हम करते हैं इसे प्ले उसके बाद आपको क्या करना है ये मान चौक स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर रिवेंस ऑर्डर भी आता है लेकिन उससे हमें कोई काम नहीं है तो ट्रिक हमारी ऐसे है कि बम ज़्यादातर आता है जो ऊपर के बॉक्स में आता है नीचे आता ही नहीं है मतलब बिल्कुल कम आता है तो मैं आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे के चार बॉक्स हैं मैं इसे ओपन करूँगा और बम नहीं आएगा मेरा गारंटी से तो देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ और बम आएगा ही नहीं देख सकते हैं बॉम नहीं आया अब मैं स्टाप करूँगा तो देखना कि बम कहाँ था बम जो है यहाँ पे है। अब क्या करूँगा मैं इस बॉक्स को भी खोल दूँगा देख सकते हैं देखिए एक और गेम खेल के दिखाता हूँ स्टार्ट करता हूँ दो सौ रुपये का ही पहले तो मैं चार बॉक्स खोलूँगा नीचे के एक दो तीन चार और ये तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बम नहीं आया क्योंकि जहाँ पर बम देते हैं वहाँ पर दोबारा नहीं देते वो अब देख सकते हैं उसके बगल में आया था तो मैं आपके से भी खोलूंगा। अब पहले मैंने आपको दिखाया कि जगह पर थे मेरे पास तो मैं एक बार और खेलूँगा और इसमें फिर से दिखाऊंगा। तो देखिए फिर से बम नहीं आया और जहाँ पर बम आया था वहाँ पर मैंने फिर से क्लिक करा तो वहाँ पे भी बम नहीं आया अब तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको खोल के कि बम यहाँ पर आया तो ये ट्रिक आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं आई होप आपको आप सबको ये ट्रिक अच्छा लगे तो अगर ये ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल डाक हटके में एंड हमारे टेलीग्राम चैनल के फॉलोअर का ना भूले और इंस्टाग्राम आईडी को भी तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय